त्रिपुरा यूनिवर्सिटी ने सेमेस्टर, अंडार्ट सेमेस्टर, ते फिफ्थ सेमेस्टर ने जे ऑनलाइन ते फर्म फील अप खाग खाने तब निरुरी तो रोक साममिट माखा नहीं तक अनलाइन ते कि तब सब फॉर्म फील अप खागनी ब इनके भाई खाने तकने प्रसेस और जगह खाला हाइनकें उल्ली हालां इनक्य पान दो इनकी हमकें पाला हाइनक सिजनों हिंगे तब सिलेक्ट मा खाई और जगह टू थाउजेंड ट्वेंटी ट्वेंटी वनता है और जगह लेर जगह क्लीक खाइम है पाना इनके और जगह और जगह बक्स है और जगह क्लीक खाई और एग्जाम को खापी होना है तेज़ा निनी दे दे दे इग्जाम सिलेक्ट खाला हाँ क्योंकि मैके पाए निर्स दा तब फार्स्ट सेमिस्टार देक थार्ड सेमिस्टार दिफ्थ सेमिस्टार दाष मैनी दाकम सब्जेक्टार्स दू और उन्नार्सार्स कमार्स उन्ार्सा ए बहुत फार्स्ट सेमिस्टार इनके तोले तोलाते तोला से तला थे नूं और जगह अनार्स सारा लहा और जगह मैके पाई और जगह बेचलर अफ आर्ट्स बनाक और जगह क्ली के बनाई जगह टी डी पी फारमेस्टर बेचलर अफ आर्ट्स एम हाइनके बाद गईतानार्सगन लहा इनके जगह उनार्स पान के क्लिक इनकेनार्स गनार्सनी इनके रेजिट्रेसन नाम्बारे जेजिस्ट्रेसन यारू थाजेंड बस बहया तबाइक सिलेक्ट माखने का टू थाउजेंड टुवी इनके टूंटी बहे के माखनी बोन बनीपुर और रेजिस्टेशन नम्बर बक्सा दी बनीपुर सामिट खाई म रेजिस्ट्रेशन के सामिट खाए मानी, मानी पुरेमे पाना है। है के पाला हे तीनी वेलकाम ही सका और जगह बजा के नो जगह पाना के और जगह निन्पाई बनपुर के तो। कलेज और जगह कॉलेज और जगह पाने रेजिस्ट्रेसन तो नम्बर पासी है बन पुरे किजन टू थाउजेंड ट्वेंटी ट्वेंटी वन बहारो पासी और एग्जाम के तक निनी सेमिस्टार बहर पासी है फार्स्ट सेमिस्टार्स्ट सेमिस्टार्ड इंक थार्ड बहे के एग्जाम पाने जगह इनके रूल नाम्बार पाने इनके फोटो और जगह सोच फटो इनके और जगह एक्सो के विलाए बंगके और आपोड खाए खाने के मबाइल नाम्बारे ना और जगह अटोमेटिकाई खाने के सब्जेक्टमेटी बहुत सेफ क्लीक खे मे पर्य पानी फटो पाने फटो पाला हाँ और जगह और पुतु पाल के तब छापी दिनपुर तेम खाई ना और साका प्रेट ही प्रेम हिं पाल निकेना फोन और दे और और और और जगा ही और और जगा क्लिक है बन के शाकादाई दिए खाई मानी पुरे हिंके अमाय के पाना के पाला के तब और जगह अबसन प्रिन्ट क्लीक खाते प्रिंट क्लीक खाई मानी सेफ खाए प्रिंट आउट खाते मानी क्लिक है पाला हाके पाई थोड़ा और जगह सब्जेक्ट रहा और जगह के थे रेजिस्ट्रेशन नाम बार पूरा और जगह पाई था सामीहा इनके चैनलों सब्सक्राइब खाए सब्सक्राइब खा गई ती इनके के फीलाप्रो खाए जे फे हम चाक्रॉर्म फीलाप्रो खाएंगा इनके कटाल कटाल नटिफिका इनके बहिरो गई थे निर एप्लाई खाने चैनल ने, ने, ने, शी ने, शी ने, ने भी फिर सरंग मै इनके इनकेग आम आप बढ़ाई रख इनकेलेबास बहे बैठे हमे करे एफायरस रो बहेर तुम और जगह निग व्हाट्सएप पीडिएफ केयर है इनके okay. आंबा चेनल बै करेंगे इनके सब्सक्राइब खा खन हाखे सब्सक्रबा दी ते बुनो सीरदे बु फॉर्म फीलाप्रो बमे खाए सरंग हौनी निरग आनोा गई हम हाइक सपोर्ट खा गई तीके आंगनों सिरो गई तीरगनी नागुमाय सपोर्ट खा गई सब्सक्राइब खा गई बन सर खाए लाइक ला गई हमें मीर चुबे बिंगे आया हमारे हामा सा गैन बुक को फैलिया हम्मा मारो मीरक आन सू चुबा गई सब्सक्राइब खाए सर खाए गई हमे तो हे इनके बीसीतों से माइके रंगे हमे बम फॉर्म फीलाप रोखाई बहरावनी प्रससेस आनफने फून रौना इनके आनो संगलैदि बम खाने बहे रो कमी साल के आंगन थी रौना अमे बम माखने बहे रो आने इनके आने चैनल टेलीग्राम चैनल चेनल बहुत गरें गई दौल इनकेजह टेलीग्राम चैनल चेनलान टेक्स खाई बहिखे इनके बहारो सीरों ने रिप्लाई रोना इनके बोपुर और जगह टेलीग्राम चेनलों ने पीडीएफ हूँ बहा हूँ थम पैर बीसी रोकेरा जतन हमारे